सभी मित्र की भाइयों को मेरा नमस्कार मैं सुमित्रा टेक्निकल ग्रुप में आपका सभी का स्वागत है आज हम चर्चा करने वाले हैं बीआरएन के लिए ई मित्र से ऑनलाइन आवेदन कैसे करें तो उसकी क्या प्रोसेस होगी क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे तो आपको हम बताते रहेंगे तो इस वीडियो को शुरू से लगा के एंड तक देखें इससे आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए कैसे अप्लाई करते हैं तो आप यहाँ पर पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी तो चलते हैं अपने ई पोर्टल पे। जैसे आप इमित्रा पोर्टल पे पहुँचते हो तो आपको यहाँ पर यूटिलिटी में क्लिक करना है यूटिलिटी पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डालना है बिजनेस जैसे आप बिजनेस यहाँ पर डालते हो तो आपको आ जाता है यहाँ पर ऑप्शन बिजनेस रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग तो आपको इस पर यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन ऑप्शन पर क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करते हो आपको थर्ड पोर्टल पे पहुंचाया जाता है तो आपको ओके प्रेस कर देना है प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर थर्ड पोर्टल पे पहुंचा दिया जाता है बिजनी रजिस्ट्रेशन के लिए तो चलते हैं अपने यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं तो आपको ये एक बार पढ़ लेना है और पूरी जानकारी आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगी भाई कैसे क्या करना है कैसे क्या नहीं करना और क्या क्या डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड होंगे कितनी केबी में होंगे आप जिसका भी रजिस्ट्रेशन करते हो तो आप यहाँ पर आइडेंटी प्रूफ आधार नंबर जन जन आधार नंबर से कर सकते हैं प्लस आपको जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने है तो आईडी प्रूफ अगर इमेज आपको अपलोड करनी है तो सो केबी में होनी चाहिए और जे फाइल में होनी चाहिए प्लस आप अगर सिग्नेचर अपलोड करते हो तो 50 के बीस है कम का होना चाहिए तो आपको यहाँ पर ये डिटेल पूरी आपको एक बार पढ़ लेनी है और जो आप यहाँ पर अमाउंट डालते हो तो आप जैसे 5 लाख है तो 5 5 लाख 50,000 है तो आपको 5.50,000 डालना है ना कि 5 लाख 50,000 डालना है तो आपको ये इम्पोर्टेंट है तो आपको ये ध्यान रखना है नहीं तो आपका फोन फोम सेंड बैक आ सकता है तो आपको ये चीज़ ध्यान में डालनी है जैसे 80000 है तो ज़ीरो पॉइंट आपको 80 यहाँ पर फिल करना है अगर 5000 है तो ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फाइव आपको यहाँ पर डालनी है तो एक बार ये पूरी डिटेल आप एक बार कन्फर्म कर लें उसके बाद आपको आगे बढ़ना है आगे बढ़ने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करके और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ से यहाँ पर मोबाइल नंबर मांगा जाता है तो यहाँ पर अपन डालते हैं अपने मोबाइल नंबर मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर आपकी जो ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पर डालनी है जिस भी ग्राहक आप आवेदन कर रहे हो तो उसकी आपको यहाँ पर ईमेल आईडी डालनी है डालने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चर कोड डालना है जो भी ये कैप्चर कोड यहाँ पर आपको शो करेगा वो आपको यहाँ पर डालना है तो यहाँ पर कैप्चर कोड डालते हैं कैप्चर कोड डालने के बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई पे क्लिक करना है जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करते हो तो आपसे जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हैं आधार पे जो आपने यहाँ पर मोबाइल नंबर डाले हैं तो उन पर आपका ओटीपी ओटीपी जाएगा ओटीपी जाने के बाद आपको यहाँ पर ओटीपी टी पी और सबमिट बटन पे क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर आपका पहले शो फॉर्म पूछा जा रहा है तो आपको जो डिस्टिक है वो आपको यहाँ पर डालनी है तो जैसे मेरी बारह है तो मैं बारह डाल देता हूँ और रूलर अर्बन जो भी है वो आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है अगर शहरी क्षेत्र में, में है तो अर्बन, अगर रूलर में है ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको रूलर चूज़ करना है और तसील आपको यहाँ पर चूज करनी जो आपकी तसील लगती है उसके बाद आपका जो गाँव है वो आपको यहाँ पर डालना है जो भी मेरा गाँव है मैं यहाँ पर डाल देता हूँ डालने के बाद आपको यहाँ पर आईडी डी प्रूफ चूज़ करना है आप आधार से आधार कार्ड से करना चाहते हैं जनाधार कार्ड से करना चाहते हैं या फिर आईडी डी प्रूफ में वोटर आईडी से करना चाहते हैं जो भी है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं अधिकतर जब आप आधार कार्ड का ही यूज़ करें क्योंकि तो इससे आपका बी नंबर जनरेट होने में आसानी होगी तो आप यहाँ पर आधार नंबर चूज़ कर लीजिएगा प्लस यहाँ पर आपको डालना है आधा नंबर जो भी आपका आधार नंबर है ग्राहक का आधा नंबर है वो आपको यहाँ पर और आपको यहाँ पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको गेट ओटीपी पे क्लिक करना है यहाँ पर अपन को वेरीफाई करना होगा तो यहाँ पर ओ पूछा जा रहा है जो आपका आधार नंबर पे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर ओ आएगा तो आपको यहाँ पर ओ डालना है और वेरीफाई कर देना है जैसे आप वेरीफाई करते हो तो आपका यहाँ पर आधार नंबर वेरीफाई हो जाता है वेरीफाई होने के बाद आपको आगे बढ़ना है तो आपका पूरा डाटा यहाँ पर आ जाता है जो भी है और यहां पर सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा सिग्नेचर कब मैंने बता दिया था आपको पचास केबी से कम आपको अपलोड करना है तो ये अपने हैं चालीस पॉइंट सात के बी तो मैं यहां पर सिग्नेचर अपलोड कर देता हूं और अपलोड पे क्लिक कर देना है जैसे आप क्लिक करते हो उसके बाद आप सिग्नेचर अपलोड करते हो तो आपको यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करना है कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके नीचे फॉर्म ओपन हो जाता है तो नेम ऑफ एड्रेस ऑफ बिजनेस पैलेस ऑफ इंटरप्राइजेस फर्म जो आपका फ़र्म का एड्रेस है वो आपको यहाँ पर फिल करना है और नेम में आपको फर्म का नाम डालना है जो भी आपका फॉर्म है तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ जैसे मेरी मारुति नंदन का नाम है तो मैं यहां पर डाल देता हूं, प्लस जो बिल्डिंग नंबर है हाउस नंबर है जो वो डाल देता हूं मैं यहां पर तो आपको वैसे ही सारे सब कुछ फिल करना है फिल करने के बाद आपको यहां पर मोबाइल नंबर आपको यहां पर डालना है जो आपकी ईमेल आईडी है वो आप यहाँ पर डाल सकते हो जो रोड रेड डॉट आ रहा है आपके यहाँ पर वो आपको सभी को फिल करना ज़रूरी है तो मैं यहाँ पे मैंने फिल कर दिया है फिल करने के बाद आपको वेदर हेड ओबीस इज अवेलेबल अगर आपके पास हेड ऑफिस अवेलेबल है तो आप एस कर सकते हो एस करते हो तो आपको यहाँ पर जो अपना हेड ऑफ़िस है उसका एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना होगा अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर सकते हो उसके बाद आपका एप्लीकेट एड्रेस बिजनेस एड्रेस हेड ऑफिस जो भी है आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हो जिससे आपको यहाँ पर संपर्क किया जा सके तो यहाँ पर अपन एप्लीकेशन एड्रेस पे क्लिक करते हैं जो अपन ने ऊपर भरा हुआ था इससे कोई भी अगर आप मिलना चाहे तो आप एप्लीकेशन एड्रेस पे आके वो आपसे संपर्क कर सकता है और यहाँ पर डिजाइनेशन में आपको चूज करना है जो भी आपका व्यापार है उससे रिलेटेड एजुकेशन इलेक्ट्रिकेट इलेक्ट्रिसिटी गैस स्ट्रीम जो भी है आपका यहाँ पर चूज कर सकते हो तो मैं यहाँ पर अदर सर्विस चूज़ कर लेता हूँ और सेलेक्ट में यहाँ पर मैं फिर से अदर सर्विस चूज़ कर लेता हूँ जो भी आपको डालना है वो आप अपनी बिजनेस के हिसाब से यहाँ पर डाल सकते हैं जो आपका बिजनेस है तो मैं यहाँ पर अदर ही चूज़ कर लेता हूँ चूज़ करने के बाद आपका जो एनआईसी कोड आता है कोड आ जाता है और उसके बाद आपको जो आपने स्टार्टिंग की है कौन से ईयर में की है अगर नहीं की है तो आप इसको नोट स्टार्टेड भी कर सकते हो अगर आपने सन में की हैं तो यहाँ पर आप डाल सकते हो तो जिसे मैंने स्टार्ट किया 220 आ, 2020 तो मैं यहाँ पर 2020 डाल रहा हूँ अकाउंट से तो आपको यहाँ पर ओनरशिप कोड आपको यहाँ पर चूज़ करना है जो भी आपका है कंपनी है प्राइवेट है गवर्मेंट है कोऑपरेटिव है नॉन प्रो है क्लब है ट्रस्ट है जो भी है आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर ट्रस्ट है तो ट्रस्ट के लिए आप यहाँ पर डाल सकते हो और आपको यहाँ पर टोटल वर्किंग नंबर ऑफ पर्सन जो भी आपके यहाँ पर नौकर लगे हुए हैं या फिर ऑपरेटर लगे हुए हैं तो आपको यहाँ पर फिल करनी है उनकी संख्या भाई कितने ऑपरेटर लगे हुए हैं क्या है तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हो जो भी है जैसे मेरे लगे हुए हैं 12 तो यहाँ पर 12 आपको फिल करनी है फिल करने के बाद आपको यहाँ पर जो आपने इन्वेस्ट किया है पाँच लाख दस लाख जो भी है तो आपको यहाँ पर डालना है तो मैंने पहले बता दिया था अगर पाँच लाख है तो आपको यहाँ पर फाइव ही डालना है अगर आपकी अस्सी हजार है तो जीरो पॉइंट एट जीरो आपको यहां पर फिल करना है तो ये ध्यान रखना है आपको फॉम फिल करने के टाइम पे उसके बाद आपको एक्ट नेम जो भी है आपका आपको यहां पर डालनी है जिस भी है राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट जो भी है आपका यहां पर आपको फिल करना है फिल करने के बाद अगर आपकी और भी प्रंचायसी है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो और आपको यहाँ पर रिमार्क डालना है जो भी आपको सजेशन कुछ बताना है सामने वाले को तो आप यहाँ पर रिमार्क डाल सकते हो रिमार्क डाल के आपको यहाँ पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चर डालना है कैप्चर डालने के बाद आपको फॉर्म को सबमिट करना है जैसे आप फॉर्म को सबमिट करते हो तो आपके सामने बी नंबर का एक फॉर्मेट ओपन हो जाता है सबमिट करने के बाद और उसको आप प्रिंट कर सकते हो प्रिंट करके अपने पास ग्राहक को दे सकते हैं और जिनके उसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और आइकन की घंटी भी दबा लें जिससे उनको जो अपनी वीडियो बनती रहती है वो उन तक पहुँच सकें और अपनी शॉप पर काम को अपने काम को बढ़ा सकें धन्यवाद